असलकुम मेरे मेवाति सब भाई के लिए हमारे YouTube चैनल अलमुराद एडिया लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें मैं आपके लिए एक मेवाती गाना पेश करना चाहता हूँ आरा हो जम्पर फौर जी सिलवारी लोगड़ा लादे तू जी, जी लादे को आरा हो जंफर फौर जी सिलवारी लोगड़ा लादे लूगड़ा तू जी को आ राह लग जाएगी पतली सी टपकारी लगा ले कालो तू को आरा हो तिर लग जाएगी पतली सी टपकारी लगा ले का को टो आराहो दिल में लिख राखो ओ अलमुह तेरों लिखूँगी अपना खूनन सू आराहो दिल में लिख राखो ओ तेरो तेरों नामी लिखूँगी अपूनन सू आराह हो मोसू म जायो छोरी तू तो दूरी प्यारी कारू में दिल सू आरा हो मूह म जाओ छोरी ही तू त दूरी प्यारी कारू मैं दिल हो जान जिंदगी जवानी ही त्यर नामी अलमुह रे मैंने करे दीनी आरा हो जान जिंदगी जवानी ही त्यर नामी राज रे मैंने कर दी आ रहा होती अरे ऊपर तो पतली सी मेरी जानी बुराई सबकी की धारे ली नी आरा होती अरे ऊपर तो पतली सी मेरी जानी बुराई सब की धारिली आ तो मैं तो प्यारी अडिया, ना दिखे आ करू मैं तो सु तो प्यारी तियरिया मोहे ना दिखे आ राहो तू तो रे वे अलमुख के चोरा सा दूसरी दूसरी तो। और बहुत बता कि मैं ध्यान कह रहा है कोई का? हेलो। तो, असलकुम दोस्तों हमारा शायर अभी थोड़ा सत्यारों कस कोई कोई फ़ोन नहीं थोड़ा अरे धली बुरी मैं Pues air, पाई पाई। आरा आरा निजारी तेरे लग जाएगी आरा बुर सटेल मुला गे मलूह की आरानी जारी तेरे लग जाएगी अरे तू भी फैशन में डोले मेरी जान लिए रे काहे भाग जाएगी तू भी फैशन में डोले मेरी जान ली अरे का भगी जाएगी अरे कोठा पीछे सुमन मारी ही आवाजी अरे तु आलि मुँह के सेहना बोलो अरे तु अरे कोठा पीछे सुमन मारी ही आवाजी अरे तू आलि मुँह के सेहना बोलो तेरी दो घंटा अर दो घंटा अर तो दो घंटा तो पाचो हो मेरी जहानी जहानी ना खुवलो तो हमारे YouTube चैनल तेडिया लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें यूट्यूब चैनल्यूजिक मेवा हमारे YouTube चैनल राज म्यूजिक मेवाती